मुझे गन तो मिला है मगर गंदा वाला गन मिला है तुम नहीं आते कहा है हो इनेमी भैया भैया हो